डिन्नौरी में शासकीय उच्चतर विद्यालय विक्रमपुर के शिक्षा अरुण राय के हौसले बुलंद हैं। अरुण आठ वर्षो से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं अरुण चाहते हैं कि बच्चे भविष्य में अपना नाम रोशन करें वहीं विद्यालय का स्टाफ और छात्र छात्राएं शिक्षक अरुण राय की स्वस्थ होने की कामना करते हैं शिक्षा जगत में आज भी ऐसे कई शिक्षक है जो शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल है डिन्नौरी के शासकीय उच्चतर विद्यालय विक्रमपुर में अरुण राय उच्च शिक्षक जो आठ वर्षो से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी नियमित स्कूल आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं इतना ही नहीं विद्यालय का बारहवीं का परीक्षा परिणाम भी चौरानवे प्रतिशत से 100 प्रतिशत रहता है शिक्षक अरुण राय का इलाज वर्षों से बिलासपुर में चल रहा है शिक्षक अरुण राय कहते हैं कि बच्चों और स्टाफ के आशीर्वाद से दोनों किडनी खराब होने के बाद भी मुझे अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है जब तक जीवित रहूंगा बच्चों को पढ़ाता रहूंगा वही अब डॉक्टर भी कह चुके हैं की कि किडनी ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा इसके बावजूद भी अपने हौसले बुलंद करते हुए बच्चों को परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं वह इस मामले की जानकारी इनकी पत्नी से जानना चाहा तो वे भावुक हो गई और कुछ न बोल सकी स्कूल के छात्र छात्राएं कहते हैं कि सर की तबीयत आठ वर्षों से खराब है लेकिन वे प्रतिदिन स्कूल आकर पढ़ाते हैं हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं ऐसे गुरु बहुत ही कम मिलेंगे जो अपनी जान से ज्यादा चिंता बच्चों की करते हैं। शिक्षक के जज्बे को हम सलाम करते हैं और उनके स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं हमारे आज तक से उनकी तबियत खराब है दोनों की खराब है उसके बाद भी आते है और क्लास अटेंड करते हैं और अच्छे ऐसी पढ़ाते हैं और पूरे सिलेबस और हम सभी छात्र छात्रा ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए सर जी का मतलब स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी सर रोज क्लास में आते हैं और क्लास पूरा अटेंड करते हैं और सर की दोनी, दोनों दोनों किडनी खराब है 2015 में पता चला था पहली बार नवंबर 15 में रागपुर गए थे चेकअप कराना वहाँ पर पता अच्छा लगा दोनों किडनी फेल उसी समय डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लें छः महीने के अंदर और पंद्रह दिन के बाद आएगी तो डायलिसिस करना पड़ेगा बीमार करने में आठ साल हो गए और बीमार हैं उनकी दोनों किडनी 80 परसेंट बताते हैं कि डैमेज है इसके बाद भी वो स्कूल आ रहे हैं और बड़े ईमानदार दोनों लोग चलाते हैं और अभी इलाज परहेज में चल रहे हैं